जी हाँ प्रिंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे क्यू कूफ चल रहा है दिखा रहे हैं हमको तो देख सकते हैं अब टाइमर चल रहा है मैंने अपना नाम सूट है आपको टाइमर चल रहा है टाइमर चलने 10 मिनट चलेगा तो 100 का देगा एक दिन का 100 का होता है तो फिर दूसरे दिन हमें दो सौ देगा दो सौ देगा तो दो तो रुपये देगा

और एक दिन सौ पॉइंट्स दिया तो एक रुपया देगा तो एक दिन का एक रुपया दे दिया फिर दूसरे दिन दो सौ पॉइंट हो तो दो रुपये तीसरे दिन तीन सौ कोइंस तो तीन रुपया चौथे दिन चार सौ काइंस तो चार रुपया पंचमें दिन पाँच सौ कोइंस तो पाँच रुपया छः सौ तो आपका हो गया छः रुपया तो सात ऐसे करके चक्कर चलते रहता है

और उसके बाद आपको दिखाते हैं, हैं। मेरा टाइमर चल रहा है यहाँ पे भुगतान आया तो क्लिक करें और यहाँ पे मेरा टाइमर हो जाना अभी मेरे एक रुपये भी नहीं है देख सकते हैं मेरा टाइम हो जाने दीजिए फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसमें पैसा निकाल सकते हैं सेटिंग कर सकते हैं ऊपर ही चीज़ कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे थे यहाँ पर ऐसा करके

नाइट का समय है तो मैं गुड नाइट पोस्ट कर दे रहा हूँ सॉरी गलत हो गया गुड नाइट करके मैं पोस्ट कर रहा हूँ देख सकते हैं कू पे मेरा पोस्ट है, हो जाएगा एक पोस्ट हो रहा है

आप तो बहुत आसानी से एक पब्लिक प्लेटफार्म पर जुड़ सकते हैं ट्विटर के जैसे ही है मगर ट्विटर पे कुछ पैसा नहीं देता है और कू पे बहुत सारे ढेर नाम दे रहे हैं तो अभी कू पर जुड़ कर आराम से लाखों कमा सकते हैं एक दिन का नहीं तो मिनिमम बीस पच्चीस रुपये तो रियल में कमा सकते हैं इससे कम तो कोई बात ही नहीं है

आप आपको दिखा सकते हैं कि हमारा टाइमर चल रहा है टाइमर होने के बाद एक रुपया दिखाएगा आपके सामने एकदम टूरुफ के साथ हम दिखाएँगे कल इसी समय में पुरुफ के साथ निकाल के दिखाऊंगा, एक पैसा चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा आईडी है शो रहा है मैं दो जने को फ्लो कर रखा हूँ

आप देख सकते हैं यहाँ एडिट कर पे आके आप अपना पूरा दे सकते है हैं पता जो डालना है सबके पूरा एडिजिट देना है पता आप दे सकते हैं और बहुत आसानी से ऊपर पैसा कमा सकते हैं इसको बिल्कुल ना कीजिएगा इस्किप कीजिएगा उस समय पैसा आपको नहीं लगा क्वेंस जब चले गए हैं तो पैसा नहीं लिया

ये ध्यान रखना है आपको तो जिसको मैं योगी आदित्यनाथ को ले ले रहा हूँ शिवरा सिंह शाह चौहान को लिया हूँ इसरो का ले लिया हूँ टाटा का ले लिया हूँ और जो क्या हूँ दिल्ली का ले लिया हूँ दिल्ली ले लिया हूँ मुंबई देया

चलिए इतना है कि मैं यहाँ से देख सकते हैं जिसका जिसको फोटो किया है, है, है। तो आप बहुत आसानी से मोले फॉलो करके और वीडियो देख कर के पैसा कमा सकते हैं ये देखिए हमने मैसेज किया था मेरे पैसे तो दो मिनट हो गया डाला आपको और दिखाता टाइम कितना हो गया चार मिनट अड़तालीस तो सेकेंड हो गया

पूरा दस मिनट बिताना ही है क्योंकि है आपके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है बहुत आसानी से ऐप चलता है नहीं इसमें कोई पैसा लगता है नहीं कुछ आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कैसे सिलाई करके चला रहा हूँ वीडियो चल रहा है वीडियो देखते हैं देखते हैं हमारा दस मिनट कब बीत जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा आप भी परेशानी से ऐसे ही

वीडियो देखकर पैसे कमा सकते हैं चलिए मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेस कहाँ तक हो गया अभी वैसे ही कर सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं थी वहीं से करना ये देखिए पाँच मिनट तीस सेकंड हो गया है मैं वीडियो को कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ देख सकते हैं जी मेरा आठ मिनट कुछ सेकंड हो गया है दस मिनट

तक हम वेट कर रहे हैं आप भी दायर्ज से देखिए दस मिनट होने के बाद सौ कोइंस हमें मिलेगा आज का सौ कोइंस फिर कल दो सौ कोइंस मिलेगा ऐसे करके आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं और वीडियो कैसा लगा वीडियो में लाइक कमेंट, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही अर्निंग मोबाइल से पैसा कमाने का तरीका मैं लाता रहूँ

हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हम जब भी कोई ऐप चलाते हैं और मोबाइल से पैसा बनता है हमें पता चलता है तो मैं YouTube पर अपलोड करता हूँ वो भी पूरी गारंटी के साथ कि पैसा देता है नहीं देता है फेक एप्लीकेशन का मैं प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ रियल एप्लीकेशन के बारे में ही बताता हूँ ये देखिए नौ अट्ठाईस सेकेंड हो गया नौ मिनट अट्ठाईस सेकेंड तीस सेकेंड हो गया

देखिए दस सेकेंड होते होते हमें पैसा मिलेगा एक रुपया अभी बड़े आसानी से पैसा कमा सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं फिर से हम कु में लॉगिन करके आपको दिखा सकते हैं कैसे कैसे करना है कु में स्टेप है यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं तो मैंने कु का ही फोटो अपलोड किया हूँ आप अप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं

और बड़े आसानी से पैसा कमा सके देखिए दस सेकंड हो गए मेरा दस दस मिनट हो गए सौ कॉन्स हो गए यहाँ पे भुगतान पर आएंगे तो यहाँ लिख रहा है आपके कोइंस एक रुपये यहाँ पैसे निकालने पे आएंगे तो यहाँ बोल रहा है कूल्ड cool कैसे एक रुपये कूल cool एक रुपये मैं दिखाता हूँ आपको एकदम गारंटी के साथ में अपना पैसा प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको

आपको लगता है कि हमने फ्रॉड किया ये वो बताते हैं हम दिखाते हैं